हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आप देख रहे हैं वीक लेजेंड हंड्रेड गमी और मेरा नाम है अनुज और आज हम सीस रहे की गेम हम वीडियो के साथ आ चुके हैं और कुछ क्लिप हमने इसमें स्पीड इस बढ़ाया तो वीडियो को एडजस्ट कर लेना और वीडियो पूरा है और एक बंदे को इसी तरीके से डाउन फर्स्ट कील मिशन स्टार्ट और सेकेंड किल पता नहीं कहाँ पर मिलेगा और मैं जैसे छत से जाकर देखता हूँ छत में शायद कोई होगा बट छत पर भी कोई नहीं मिलता है और एक बंदा जैसे साइड से रन करते हुए और उसको भी नेक्स्ट लेवल का है और लास्ट ही बंदा बचाए और लास्ट का पता नहीं कहां पर उसने मेरे एक टीमेट को डाउन कर दिया है और फिनिश भी कर दिया वो इस तरह का और उसको भी टीम के साथ हेडशॉट। उसका उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को करें। मिलते हैं नेक्स्ट हूँ